वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आर रवि एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर रवि दोस्तों आज इस वीडियो में हम मेरा अखवाद की पूरी जानकारी देंगे मेधाकवाद किस काम आता है कौन इसका उपयोग कर सकता है किन किन बीमारियों में काम आता है इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों अगर आपको दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या है डिप्रेशन रहता है एनजाइटी रहती है याददाश्त की कमजोरी है सिर दुखता है नींद नहीं आती बेचैनी आती है चीजों की प्रॉब्लम है मस्तिष्क से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो आज का वीडियो केवल केवल आपके लिए है दोस्तों मेधाकवाद अगर आप लेते हैं तो इसके लिए मैंने मेधावटी एक्स्ट्रा पावर का वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज में रखा है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा या फिर स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा अगर आपको कोई भी दवाई चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे में मैं आंसर दे दूंगा दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ उस गिफ्ट में ये जो मेधा कोआत मेरे पास में दो पीस है ये दो पीस मेधा कुआत आपको मैं फ्री गिव अवे कर रहा हूँ ठीक है मतलब आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ तो इसको फ्री में लेने के लिए आपको क्या करना है हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज को सब्सक्राइब करना है बस जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना उसको प्रेस करके पास में बलायको ने उसे दबा के ओल नोटिफिकेशन को सेव कर लो उसका स्क्रीन ले लो मुझे व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दो बस इतना सा काम अगर आप कर देते हो तो आपको ये जो मैदा को आती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा और हर बार की तरह इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो अभी कर दो लाइक लाइक कर दो और इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर करके बताइएगा अपने व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ में स्टेटस पे शेयर जरूर कीजिएगा सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में मैं डिटेल में इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा देखिए यह हंड्रेड ग्राम का आता है पहली बात इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य तो आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा आप बोलेंगे कि सर आप तो पतंजलि की दवाई के बारे में बता रहे हैं और आप यहाँ पे दिव्य लिखा हुआ है पतंजलि तो लिखा हुआ ही नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि पतंजलि का जो दवाइयाँ बनती है वो दिव्य फार्मेसी में बनती जैसे पतंजलि की मेधावटी एक्स्ट्रा पावर भी दिव्य फार्मेसी में बनी हुई है ठीक है इसके बाद में पतंजलि की मधुनाशनी वटी भी दिव्य फार्मेसी में बनी हुई है ठीक है इसके बाद में ये पतंजलि की लीवा मृत एडवांस लीवोग्रिट सब दीवी फार्मेसी में बनी हुई है बहुत सारी दवाइयाँ कितनी आपको दिखाऊँ ठीक है तो, तो पतंजलि की जो दवाइयाँ बनती ना वो दीवी फार्मेसी में बनती है और खाने पीने का एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होते हैं वो पतंजलि में फार्मेसी में बनते हैं तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा फिर भी कोई डाउट हो कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा धाक्वात ठीक है मेधा मतलब क्या होता है मेधा का मतलब हम समझते हैं मेधा मतलब होता है बुद्धि ठीक है अकल ठीक है हमारी स्मरण शक्ति मेधा मतलब हमारी बुद्धि ठीक है तो दिमाग से संबंधित क्वात मतलब काढ़ा ठीक है तो दिमाग से संबंधित या दिमाग की बीमारी को अकल को बढ़ाने को लेके या दिमाग को तेज करने को लेकर यह काढ़ा है मेधाक्वाद ठीक है इसके बाद में यहां लिखा है भारत में निर्मित बाकी और कीप कूल एंड ड्राई प्लेस एंड स्टोर इन अ एयर टाइट कंटेनर इतना लिखा हुआ है जो कि जनरली हर दवाई पे लिखा होता है देखिए दोस्तों पीछे इसमें लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपाइटरी मेडिसिन ठीक है आयुर्वेदिक प्रोपाइटरी मेडिसिन का मतलब क्या है कि ये दवाई है है ना और दवाइयों को मन से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ठीक है दवाइयों को बिना मार्गदर्शन के बिना कंसल्टेशन के नहीं लेना चाहिए कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई नुकसान नहीं करती है लेकिन अगर हम गलत तरीके से गलत दवाई ले लें या जिस चीज़ की हमको ज़रूरत ही नहीं है वो भी हम ले लें तो हमें नुकसान देखने को मिलता है ठीक है तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं अगर आपको कोई भी बीमारी है तो इसके लिए आप मेरा कंसल्टेशन ले लीजिएगा स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पे आप जब मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको फ़ोन लगा के पहले आपकी पूरी बीमारी को समझूंगा और बीमारी को समझने के बाद में प्रॉपर तरीके से आपको ये मेधा लेना है या इसके अलावा और कौन सी दवाई लेना है प्रोपर डोजेस में आपको जो है बता दूंगा ठीक है मेधा किन किन चीज़ों से मिल बना है कम्पोजिशन ऑफ मेधाकवाद इसमें क्या क्या मिला हुआ है ब्राह्मी शंख पुष्पी गुड़वच्छ उत्तेज खद्दूस गाजवा मालकांगनी अश्वगंधा सोम और पुष्करमूल। इतनी सारी चीज़ों से मिलके दोस्तों ये बना हुआ है ठीक है और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से कचरे टाइप दिखता है ये काढ़ा है कचरे टाइप ठीक है बस इसके अंदर दोस्तों इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे इसको कैसे उपयोग करना उसकी विधि लिखी हुई है हालांकि जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको फ़ोन के ऊपर डिटेल में अच्छे से बताऊंगा कि इसको आपको आपकी बीमारी के अनुसार कैसे लेना है कैसे उपयोग करना है ठीक है तो मैं अच्छे से बताऊंगा आपको आपकी बीमारी के अनुसार क्योंकि सबकी बीमारी के अनुसार इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है ठीक है तो आप उसका टेंशन मत लीजिए इसके बाद में इस पे लिखा हुआ डोजेस में अज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन ठीक है देखो मैं आप बता देता हूं अज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन मतलब देखो डोजेस इसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि कितना लेना है ठीक है और इसमें इंडिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है यूज फुल इंसोमिनिया डिप्रेशन एपिलेप्सी लॉज ऑफ मेमोरी मनिया एक्सेट्रा ठीक है अब इसमें इतनी सी चीजें लिखी हुई है बाकी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा किन किन बीमारी में काम आता है कैसे काम आता है कौन इसका उपयोग कर सकता है ठीक है देखो अभी तक मैंने जितना समझाया इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए अभी मैं आपको आंसर दे देता हूं ठीक है देखिए अगर आपको दिमाग और दिमाग से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो ठीक है तो उसमें आप मेधा का सेवन कर सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो अकेले मेधाकवाद को, को नहीं लेना है अकेले मेधावटी को नहीं लेना है ठीक है अकेले कोई सी भी आपको दवाई को नहीं लेना है आप प्रॉपर कंसल्टेशन मार्गदर्शन लेके ही दवाई को लेवे मैं आपको यहाँ पे इसके फायदे जरूर बता रहा हूँ लेकिन इसे मन से उपयोग ना करें ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप पर कंसल्टेशन ले ही इसका प्रयोग करें अगर आपको नींद से संबंधित अगर कोई समस्या है जैसे बहुत से लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है या किसी को नींद तो आती है लेकिन रात में खुल जाती है ठीक है रात में नींद खुलने के बाद में दोबारा से नींद नहीं आती है तो इसी कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं जिन लोगों को एनजाइटी रहती है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या है जैसे देखो डिप्रेशन आजकल हर व्यक्ति को होने लग गया है ठीक है तो डिप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो उसमें भी काम आता है और कम हो उसमें भी काम आता है मतलब डिप्रेशन की कैसी भी स्थिति हो उसमें मेधाकवाद आपको काम आता है ठीक है अगर आपको सीजो की समस्या हो गई हो दोस्तों सीजो एक मानसिक रोग है जिन लोगों को है उनको पता है क्या होता है इसमें इंसान की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है मतलब इंसान मतलब ये मान के चलिए कि एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि उसे पागलखाने भर्ती करना पड़ता है मतलब पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सीजो में ऐसी बीमारी भी अगर आपको कोई है तो उसमें भी मैदाकुत का आप सेवन कर सकते हैं अगर आपको याददाश्त की कमजोरी है अगर आपकी मेमोरी वीक है ठीक है तो ऐसे में आप मेधावकवाद का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है मेमोरी वीक के उसमें चाहे बच्चे भी हो सकते हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और अगर उनको याद नहीं होता या याद करने के बाद बार बार भूल जाते हैं पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे हैं तो ऐसे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं मतलब दिमाग से संबंधित सारी समस्या में काम आता है जिन लोगों को आधा सीसी की प्रॉब्लम है सिर दुखता है माइग्रेन की प्रॉब्लम है हेडेक होता है चक्कर आते हैं ठीक है ऐसी तमाम समस्या में मेहता का सेवन आप कर सकते हो दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करूंगा ठीक है ये वीडियो में शॉर्ट वीडियो ही बना रहा हूँ ठीक है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके कम से कम तीस से चालीस फ़ायदे मैं बताऊँ पूरा डिटेल में तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे मैं उसके ऊपर एक डिटेल में लगभग पंद्रह बीस मिनट का वीडियो एक लेके कर आऊँगा अगर आप लोग बोलेंगे तो जैसे मैंने मेधावटी एक्स्ट्रा पावर का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इसी प्रकार से अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं डिटेल में फेस वाला वीडियो ले कर ठीक है तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा अगर आपको उसका पूरा वीडियो देखना हो तो क्योंकि टाइम की कमी होने के कारण समय की कमी होने के कारण और बहुत सारा काम होने के कारण मैं अभी प्रॉपर तरीके से फेस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों को कम से कम जो मेन मेन जानकारी है वो मिल सके ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रॉपर वीडियो में बनाऊँ तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए सॉरी कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी कमेंट अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं तो फेस वीडियो में और इसका डिटेल में वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिए। मैं अभी कमेंट का दो से तीन घंटे में आंसर दे दूंगा और अगर अभी तक आपने हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लीजिए ठीक है आप वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन इसको प्रेस करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल दबा लो ओल नोटिफिकेशन को सेव कर लो उसका स्क्रीन ले लो मुझे WhatsApp पे भेज दो बस बाकी तो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा अगर आपको मेधा कुआत चाहिए मेधावटी चाहिए या कोई भी दवाई चाहिए तो भी आप मुझे WhatsApp कर दीजिएगा मैं आपको कुरियर के द्वारा आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको पहुंचा दूंगा तो आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा या मुझे डायरेक्ट WhatsApp कर दीजिए मेरा पर्सनल कंसल्टेशन अगर आप ले लोगे तो आप यकीन मानिए आपकी लगभग बीमारी खत्म हो जाएगी अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक ले जय हिंद वंदे मा